आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काइन मास्टर से आप थमलैन कैसे बना सकते हो तो काइन मास्टर से थमलैन बनाने के लिए काइन मास्टर को ओपन करते हैं और प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं YouTube थमलैन का साइज होता है 16 अनुपात 9। तो इसे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए आपको जो भी कलर का बैकग्राउंड चाहिए तो मुझे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिए तो मैं उसे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ व्हाइट कलर का बैकग्राउंड थोड़ा अब फिर यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे और फिर मीडिया पे क्लिक करेंगे और आपको जो जिस भी टॉपिक का थमलैन बनाना हो उस टॉपिक का जो है आप एक लोगो जैसे कि सेलेक्ट कर लीजिए जैसे कि मैं आज थमलैन बनाने वाला हूँ कि लिनक्स क्या है तो मेरे पास लिनक्स का एक लोगो है मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ लोगो आ गया यहाँ पर लीनेक्स का अब मैं इसे इस साइड से इस तरह से रख देता हूँ अब यहाँ पर इसके बारे में बताने के लिए इस पर लिखना पड़ेगा कि Linux क्या तो पे पे लीनेक्स क्या है तो लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्सट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे लिनक्स क्या है तो लीनेक्स क्या है लिख लिया और इसको इस तरह से हल्का बड़ा कर दिए अब आपको जो भी कलर में लिखना है वो कलर को आप सेलेक्ट करेंगे मुझे लाल कलर में लिखना है तो मैं लाल कलर को सेलेक्ट करता हूँ देखिए इस तरह से ये बढ़िया नहीं दिख रहा है तो इसमें थोड़ा सा आउटलाइन भी देना पड़ेगा तो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और इसे ऑन करेंगे कुछ ज़्यादा ही आउटलाइन आ गया तो इसे हल्का कम करेंगे इस तरीके से इस तरीके से बढ़िया लग रहा है और आप इसे ऊपर कर देते हैं इसमें थोड़ा सा और एड कर देते हैं कि लिनेक्स क्या है ये तो लिख चुके हैं और इसमें थोड़ा और एड करते हैं कि लिनक्स कैसे काम करता है तो फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे और फिर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखने के बाद आप इसमें भी थोड़ा सा आउटलाइन देंगे रेड कलर कर दिए और आप देखिए आप काइन मास्टर से थमलैंड बनकर तैयार है और इसे सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कैप्चर पे क्लिक कर देंगे हमारा थंबनेल सेव हो चुका है अब आपका थंबनेल बनकर तैयार है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी यह जानकारी हो जाए और एक छोटा सा मैसेज उन लोगों तक मेरा पहुंच जाए धन्यवाद